<laughs> तरीके से मैं चुके हैं और ये बंदा सामने से आता है नॉर्मल और फोन ओपी, ओपी पर ही करता है और वीडियो रिकॉर्ड है और गेम प्ले भी बहुत मस्त। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी वहाँ को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को शेयर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो